नहीं मैं तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता ही नहीं है एक धरती पछाड़ थे वो हर जगह चुनाव लड़ते थे हाँ धरती पछाड़ नाम था उनका धरती पकड़।, पकड़ हाँ तो वो तो हर जगह वो, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे तो इसलिए सोचते थे मुझे पता तो धरती पकड़ जब हर जगह चुनाव लड़ता था तो होने दीजिए ना उसमें क्या फर्क पड़ता है लोग फायदा मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा ये तो आकलन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता हम लोग तो मेरे को तो यही समझ में नहीं आए कि भारत जोड़ना क्यों क्योंकि टूटा कहाँ से है जोड़ने की बात तो तब आएगी ना कहीं टांग टूटी तो प्लास्टर चढ़ाओ तो मतलब टांग टूटी उसका एक्सरे होगा फिर कहाँ टूटी तो एक्सरे के बाद में जोड़ेंगे ना उसको तो पहले ये तो बताओ कि भारत टूटा कहाँ है टूटा है जब पाकिस्तान बना तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है नाना या दादा दादा के समय पर टूटा है हाँ दादा के समय पर टूटा है जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को 370 सौ धारा हटा दी हमने तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली जब हमें शाहजी ने गृह मंत्री होने के बाद 370 हटाई तो जोड़ने का काम हमने किया अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो तो एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी है वो है पाक अधिकृत कश्मीर इसलिए मैं बैतूल से ही आपके माध्यम से राहुल जी को संदेशा भेजती हूँ की भारत जोड़ने में एक चीज अभी शेष है और वो है पीओके पाक अकुपाइड कश्मीर